तो हेलो वेलकम गाइस और आज की वीडियो मतलब आज से हम लोग ट्यूटोरियल शुरू करने वाले हैं बिल्ड बॉक्स का जो कि गाइस अगर आपको नहीं पता तो अन रियल पहले मैं अन रियल इंजन और यूनिटी वगैरह भी मैं यूज़ करता हूँ ये देख सकते हैं हम लोग मेरे पास यूनिटी भी पड़ी है लेकिन गाइस देख सकते अगर आप लोग आजकल यूट्यूब फेसबुक या कहीं पर भी गेमिंग इंजन या फिर किसी भी गेमर से जो गेम डिवेलप करते हैं वो लोग आजकल अगर आप लोग देखो ना तो ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं बिल्ट बॉक्स ये एक ऐसा लेकिन काफी लोगों को इसमें काफी तकलीफ आ जाती है लेकिन तो मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कैसे आप एक शुरू से लेकर बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता वहां से लेकर आप एक पोल अपनी कंपनी खोजते हो गेम की ठीक है और कैसे अगर आप में किसी भी बंद, बंदे ने ठीक है आपका किसी का भी आपको मैं टेम्पलेट नीचे देता रहूंगा कि आप उसे डे बाई डे अपलोड कर सको ठीक है तो अच्छा शुरू करते हैं तो बिल्डिस डाउन करना है नीचे मैं दे दूंगा. अरे भाई कहाँ मोड़ दिया कहा गया? गया तो भाई कहा आपको वेबसाइट नीचे दे दूंगा बिलबुक्स के अंदर आप लोग डाउन कर सकते हो अगर आप चाहो तो उसका पैच भी डाउन कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल मतलब की आपको फ्री के अंदर आप उसे कर सकते हो ठीक है जल्दी जल्दी डेस्कटॉप पे मूव कर दू Sorry guys for this. तो ये देखो देखोग आप कर तो आपके सामने कुछ ऐसा जो है खुल जाएगा सा ये फिलहाल मैंने मेरा पहला तो नहीं है ना अभी तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको काफी दो ऊपर फीचर मतलब तीन दिखाए होते हैं फीचर वाले ऊपर एक एसेट दिखाई जाता है यहाँ पर एक टू डी फीचर गेम दिखाई जाती है और यहाँ पर एक थ्री फीचर गेम दिखाई देती और उसके नीचे काफी भी सा, काफी सारे टेम्पलेट्स भी होते हैं आप लोग देख सकते हो भाई कुछ जो ये चार गेम्स है ये इस वर्जन के अंदर आई है और ये कुछ पिछले वर्जन की हैं और ये बिल्कुल पिछले वर्जन की होगी ठीक है ये मतलब पुरानी गेम्स है जो कि आजकल मतलब चलती हैं लेकिन भाई अगर मतलब कहते हैं ना कि अगर भगवान चाहे तो मतलब लाखों बन जाए और ना कुछ होगा ही नहीं ठीक है तो ये गेम भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगती है फिलहाल ना बिल्कुल शुरू में अभी इनसे कुछ नहीं करने वाला है शुरू शुरू से करने वाला हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ की आप सबसे पहले जब एक न्यू कैसे करने ये फिलहाल मैंने अपना खोल रखा है यहाँ पर प्रोजेक्ट में यहाँ पे काम कर रहा था इस पर तो, मैं एक तो एक भी कंपनी द्वारा मतलब एक भी कंपनी के द्वारा किया जाता हूँ तो यहाँ पर जाऊँ भाई ये बुरा जा की भी कंपनी का नया आ रहा है अगर आपको नहीं पता तो आप लोग फेसबुक पे मैं उनका भी लिंक दे दूंगा तो आप जाके चेक चेकआउट कर सकते हो ठीक है फिलहाल हम लोग चलते हैं अब अपनी गेम हम अब चलते हैं ठीक है तो आपको न्यू कैसा दबाना है तो सबसे मैं आपको ये बता दूंगा उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा आप लोग कैसा खुले तो यहाँ पर फाइल होगी या फिर आप क्रिएट न्यू दबा दो ठीक है क्रिएट नहीं हो दबाने बाद आपके सामने कुछ लोडिंग शुरू हो जाएगी तो कुछ टाइप से आप टू गेम बना जाते हो थ्री गेम बनाने जाते हो या फिर मतलब तो इसके लिए इस अभी हमारे दिमाग में कोई गेम नहीं है कि हम कौन सी गेम बनाए तो हम लोग थ्री गेम बनाने वाले हैं ठीक है थ्री गेम बनाने वाले हैं यहाँ पे थ्री डी हॉकी पिच ओके थ्री तो डी गेम हमने क्लिक कर दिया ठीक है तो ये अब क्रिएटिंग होने लग गए से क्रिएट होने दो तो, ओके भाई तो ये हो चुका है क्रिएट और ये है अपना माइंड मैप माइंड मैप क्या होता है गाई? इसकी मदद मतलब से हम लोग किसी भी स्क्रीन को जोड़ सकते हैं ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसका यू है ये होगा ठीक है ये सब कुछ आप लोग जोड़ सकते हो अगर आप चाहो यहाँ पे 3D डी आ गई हमारी मतलब शुरू से स्टार्टिंग कैसे होगी देखो ये, ये लोडिंग वाला एरिया जहाँ पे आप लोग ये देखो अब आप यहाँ पर अपना लोगल लगा सकते हो और बिल्ड ऑन बिल्ड बुक्स ही आप लोग भी बंद पड़ा है ठीक है अब और यहाँ पर एक आ गई हमारी थ्री डी तो इस 3D वाले के अंदर हमें क्यूब वगैरह मिल जाता है ठीक है ना तो ये देखो भाई साहब तो ऐसे हमारी वर्ल्ड अपडेट कर दू ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके तो ठीक है ना मैंने एक एंड्रॉइड स्टोर एक काफी अच्छी एप्लीकेशन है जहां से मैंने इसके लिए अच्छे अच्छे एम एल डाउनलोड कर दिया ताकि आपको भी अच्छी तरह से ये जो है समझ आ जाएगा ठीक है ना तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये बंदा बताया कि अगर आप एक आम ऑब्जेक्ट को किसी भी आम चीज को मेन करेक्टर में जोड़ना है तो सबसे पहले आपको थ्री वर्ल्ड में जाना पड़ेगा ठीक है तो हम लोग थ्री वर्ल्ड पे जाएंगे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर तो अब हमारा दिख सकते हैं अब लोग मैंने ऑब्जेक्ट एक ग्राउंड भी जोड़ दिया था साथ में लेकिन अभी क्यूब दिखाया ठीक है अगर फॉर एग्जाम्पल ये क्यूब है ये ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में अगर आप याद देखो ये ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में ये दोनों अब हमें इस क्यूब को अपना करेक्टर बनाना है आप लोग समझ रहे इस क्यूब को कैरेक्टर बनाने के लिए हमें इस पर क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करना होगा इस तरह की आगे अब हम इसे कैसे बनाएंगे तो आपको इसे इसके ऊपर क्लिक करना हो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी बनेंगी ठीक है आप अगर इंग्लिश देख रहे हो इफ यू आर क्लिक स्पीकर और इंग्लिश लिस्नर यू कैन चेक आउट ओके तो यहाँ पर देखो अब ये कैरेक्टर आ चुके हैं यानी हम इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर मैं काफी सारी प्रॉपर्टीज़ फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर बनेगा है प्लेटफॉर्म हमारा ये कोई नहीं है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे भाई ये तो हमारा एक करेक्टर है जिससे बंदा गेम खेलेगा ठीक है तो अब ये करेक्टर हो गया पॉइंट नंबर दो अब देखो अब ये जो करेक्टर है ये चलेगा लेकिन जो कैमरा है ना ये कैमरा यानी जो गेम का कैमरा है वो इसको फॉलो नहीं करेगा तो वो भी हमें इसे फॉलो कराने लाना क्योंकि हमने एक नया करेक्टर बना दिया तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें इस कैम जब ये किसे फॉलो करे ये फॉलो करेगा कैरेक्टर को जो हमारी गेम का कैरेक्टर है ठीक है और अब भाई हमने सबको शेयरिंग कर दिया अब ये हमारा कैरेक्टर बन चुका है अब हमें इसे चेक करना है कि क्या ये चलता है तो हमें इसे प्रिव्यू बटन यानी आप बिना के मतलब बिना इसे एक्सपोर्ट ही आप लोग इसके अंदर ये प्रिव्यू खेलते थे तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखो भाई हम लोग आ चुके हैं हमें स्टार दबाना है और ये देखो भाई अब हम लोग इसे कहाँ पर भी लेके जाए तो ये कैमरे की तरफ ही जा रहे ठीक है आप लोग देखो अरे भाई ये क्या हो गया ऐसे अच्छा ग्राउंड छोटा था कोई बात नहीं ये कैमरे की तरफ ही जा रहा है।, है ना तो मैं छोटा कर देने मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हम लोग इससे ज्यादा काम कर सके और इस ग्राउंड को भी थोड़ा बहुत हाँ ये कैसे मूव होता है तो आपको स्पेस दबा कर अगर आप लोग राइट क्लिक दबाओगे तो इसे आप लोग रोटेट कर सकते हैं आस से ठीक है ऐसे आप कुछ भी करके चाहे थ्री डी कहीं बार भी आप इसे रोटेट कर सकते हो और बिना स्पेस के ठीक है बिना स्पेस दबाए अगर आप राइट क्लिक दबाओगे तो आप इसे कुछ स्टेप इस रोटेट कर सकते हो ठीक है लेकिन आम जिससे डब्ल्यू ए एस डी दबाओगे तो ये आपसे आगे पीछे हो जाएगा फॉर एग्जांपल आप इसे अच्छी तरह से बिल्डअप करना चाहते हो ठीक है इस तरह स्पेस और इससे घूमेगा ठीक है और बिना स्पेस दबाए अगर आप राइट क्लिक दबा के डब्ल्यू एस डी दबाओगे तो ऐसे चलेगा ठीक है तो अब कहना क्या है हमें इसे थोड़ा सा हमें बड़ा करना था ठीक है मैं से से तो मैंने सब कुछ सेटअप कर दिया है इसका करेक्टर बनाने का तो अब हम इसे करने वाले हैं प्ले तो अब हम देखने वाले भाई हमारा करेक्टर कैसा लग रहा है ओ भाई ये देखो कितना मतलब मजेदार लग रहा है ना एक, एक मैं आपको एक पॉइंट अब बताना चाहूंगा कि आप लोग इसे कैसे यूज करो तो एक यहाँ पे आपको का कैसा आने है, तो मैं आपको आ, करूंगा कि आप लोग इससे ना फिलहाल अभी ये हमारा डिफॉल्ट नहीं आने वाला लेकिन हम फिलहाल इसे ये लगा देंगे इससे क्या होगा ना आप जितना भी देखो ये सारा का सारा व्यू हम बंदे के कैमरे में आएगा ठीक है अब हम इसे देखने वाले हैं कैसा है ये लोड इस क्लिक करो स्टार्ट पे और भाई ये देखो अब हम ऐसे मतलब पहले मैंने इसीलिए और भाई यार मैं नीचे घर देता हूँ मिनट ये प्रॉब्लम बहुत है तो मतलब आप लोग समझ गयो फिर भी देखो वरना अगर हम इसे कैमरा इसको इसको फॉलो कर रहे हैं ना कि इस गेम को या फिर इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं इस बंद इस कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है अगर आज के टोटल के अंदर इतना ही अगले टोटल के अंदर फिलहाल जो आप चाहो मैं वो बना दूंगा कमेंट कर देना फिलहाल अगर आपने कमेंट भाई न, नहीं किया तो भाई मैं खुद ही खुद सोच लूंगा फिलहाल मैं सोचने वाला हूँ कि पिछली अगली वीडियो के अंदर एनमी बनाने वाले हैं क्योंकि एनिमी गेम दुनिया के अंदर साथ साथ गेम के अंदर भी बहुत जरूरी होता है ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाय बाय